सचिन ने पत्नी और बेटी के साथ गांव में मनाया पचासवा जन्मदिन और फूंक मारकर चूल्हा जलाते हुए दिखाई दिए सचिन तेंदुलकर भारत के एक्स क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एक गांव में अपना पचासवां जन्मदिन मनाया उन्होंने पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वह फूंक मारकर चूल्हा जला रहे हैं सचिन ने लिखा आप हर दिन अर्ध नहीं जड़ते लेकिन जब आप उम्र में शतक लगाते हैं तो इसे अपने खास लोगों के साथ सेलिब्रेट करना शानदार होता है